Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) जैसा कि आपने अभी IPCC का फुल फॉर्म देखा Intergovernmental Panel on Climate Change। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है एक वैज्ञानिक संगठन जिसका प्रमुख उद्देश्य है पूरे विश्व के सभी सरकारों के सभी देशों में जो नीति निर्माता हैं, हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको के बारे में अवगत कराना भविष्य में जलवायु परिवर्तन से क्या जोखिम पैदा होंगे और इन जोखिमों से लड़ने के लिए हमी, हमी क्या रणनीति बनानी चाहिए इसका वैज्ञानिक आधार देते हुए एक नियमित आकलन प्रदान करना तो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है वैज्ञानिक आधार यानि सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करनी करना है साक्ष्य देने हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हुए डेटा और फैक्ट्स के साथ जो जिनमें कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया जा सके जिससे उनको समझाया जा सके तो वैज्ञानिक आधार देते हुए एक नियमित आंकलन प्रदान करना आईपीसीसी के काम में जो भी वैज्ञानिक प्रगति होती है जो भी वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध है उसका रिव्यू करना उस उसके डेटा की समीक्षा करना साथ ही पृथ्वी की जो जलवायु प्रणाली है उसको बेहतर ढंग से समझना उसके लिए नए शोध और मॉडल बनाना उनका विकास करना उसमें प्रगति करना ये सब आई के काम में शामिल है ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लेक्स मॉडल्स का इस्तेमाल होता है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है उसमें लीप आ रहा है तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको शामिल करते हुए बेहतर डेटा बेहतर फैक्ट्स बेहतर रिजल्ट के साथ सामने आना ये आईपीसीसी का काम है और ये संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों के सहयोग से होता है इस आई में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक काम करते हैं आई में कोई ऐसा कोई एम्प्लॉ काम नहीं करता इसमें सभी हजारों वैज्ञानिक अपना अपना कीमती समय में से समय निकालकर कर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके स्वेच्छ स्वेच्छा से इस रिपोर्ट को बनाने में अपना योगदान देते हैं और इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है नीति निर्माताओं द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा और आम जनता को अवगत कराने के लिए जलवायु परिवर्तन पर सूचना के आधिकारिक और प्रभावशाली स्रोत के रूप में IPCC को मान्यता प्राप्त है। IPCC की अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा इस प्रेजेंटेशन के बाद तो आप खुद ही अपने आप स्वतः आई पी की वेबसाइट पे जाकर सारे रिपोर्ट्स जो भी प्रकाशित करता है आईपीसी सब उपलब्ध है उसका आप स्वतः जाकर उसको पढ़ सकते हैं उसको समझ सकते हैं यदि आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पर्यावरण अर्थशास्त्र को एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और उसमें आगे शोध करते हैं पी करते हैं तो आईपीसीसी आपके लिए ज़रूर एक बहुत ही उपयोगी संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाएगा आईपीसीसी कई प्रकार के रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है नाइनटीन में इसकी स्थापना हुई Uh, 1990 यानी अपनी स्थापना के दो वर्ष के उपरांत फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट यानी प्रथम आकलन रिपोर्ट लेकर आईपीसी सामने आया उसके बाद 1995 में सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट 2001 में थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट 2007 में फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2013-14 में पांचवा फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट और दो हज़ार में सिक्सथ असेसमेंट रिपोर्ट लेकर आया है तो ये जो प्रमुख जो मेन रिपोर्ट्स होती हैं आईपीसीसी पी सी इसको असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं और आईपीसी अब तक आईपीसीसी अब तक छः असेसमेंट रिपोर्ट्स लेकर आ चुका है जिनका नाम होता है जैसे जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है उसका नाम है ए आर असेसमेंट रिपोर्ट का नाम है ए और इसी के बीच में स्पेशल विशेष रिपोर्ट्स भी आई निकालता रहता है तो ये सभी रिपोर्ट्स एक एक, एक एक एक तरह से खजाना है इन्फॉर्मेशन का तो सभी एनवामेंट के स्टूडेंट्स इसका यूज कर सकते हैं हम जो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो मुझे टास्क दिया गया है वो बेसिकली जो इसके जो छह अब तक आकलन रिपोर्ट आ चुके हैं उनको उनकी समीक्षा करना उनके बारे में आपको अवगत कराना तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई के प्रथम आकलन रिपोर्ट के बारे में जो 1990 में प्रकाशित हुई थी इस रिपोर्ट ने यह पुष्टि की है कि 19वीं सदी के अंत से वैश्विक औसत सतह के जो सतह का औसत तापमान है यानी लैंड सर्फेस टेम्परेचर लैंड सर्फेस टेम्परेचर वो उसमें लगभग 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है यानी अगर आप 19वीं सदी के अंत में तो इसका मतलब हुआ सन 1900 उसके आसपास का जो समय था और नाइनटीन यानी लगभग 90 वर्ष बाद तो देखा है कि 90 वर्ष के अंतराल में जो हम जो जो सतह का जो तापमान है उसमें वृद्धि हुई है 0.3 डिग्री सेल्सियस की यहां फर्क किया गया यहां पर सतह की तापमान की बात की गई है समुद्र के तापमान की बात की गई है लैंड टेम्परेचर की बात की गई है उसमें औसतन जो तापमान है यानी पूरे विश्व में विभिन्न अलग अलग जगहों पर जो तापमान है उसका औसत किया जाए एक फॉर्मूले से तो उसमें 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और इसमें ये भी कहा गया कि ये जो बढ़ोतरी है ये 21वीं सदी में भी जारी रहेगी अभी हम इक्कीसवीं 21 21वीं सदी में हैं और ये जारी है तो ये आई आईपीसीसी ने जो अपना रिपोर्ट में ये बात ये एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बढ़ोतरी है ये होती रहेगी ये अभी भी हो रही है जो काफी बड़ा एक अंतराल है उसमें जीरो पॉइंट थ्री डिग्री सेल्सियस का बढ़ना ये तो एक मामूली बात है ये को बहुत ज्यादा नहीं है ये हम समझेंगे इस प्रेजेंटेशन के आगे में आपको मैं कुछ एक दो तीन ग्राफ्स दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जीरो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होना एक वाकई में बहुत बड़ी बात है छोटी मोटी बात नहीं है इस इस रिपोर्ट में ये माना गया कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है, वो है वो हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का संक्रंद्रन होना उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में जो प्रेजेंस है उसका बढ़ना इसमें जैसे कहा गया है कि प्री इंडस्ट्रियल समय में यानी ये वही बात हो रही है सन 1850 को अगर आप कट ऑफ मान लें तो सन 1850 सौ एक कैसा समय था जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में उसके आसपास का समय जब उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी विश्व अभी भी तब ही प्रमुख रूप से एक एग्रीकल्चर स्टेज में था इंडस्ट्री नहीं थी तब की तुलना 1988 से किया जाए तो इन्होंने एक पैमाना निकाला है CO2 का 280 भाग प्रति मिलियन जिसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन (ppm) तो ये जो एक पैमाना है 280 ppm इंडस्ट्री की स्थापना से पहले ये आंकड़ा था 280 ppm जो 1988 में जब इसकी कैलकुलेशन की तो ये बढ़कर 350 ppm हो गई थी और ये अनुमान लगाया गया कि सन 2100 तक यानी 1988 और सन 2100 के बीच में 110 साल का अंतर है तो 110 साल के अंत में ये बढ़कर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़कर 600 सौ हो जाएगा तो अभी 1988 में इसकी कैलकुलेशन 350 फिफ्टी की गई जो उनका फोरकास्ट है उनका अनुमान है कि 2100 तक ये छः सौ तक पहुँच सकती रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 20वीं शताब्दी के दौरान समुद्र के स्तर में लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है और अनुमान लगाया गया कि क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में वातावरण में बढ़ रहा है जिसकी वजह से समुद्र भी गर्म हो रहा है और बर्फ जो और जो आइस शीट्स हैं वो पिघल रहे हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में सन 2100 तक 15 से पचानवे सेंटीमीटर तक समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि समुद्री तट पर बसे सभी शहर और जितने भी द्वीप हैं वो सब हमारी पृथ्वी के नक्शे से गायब हो जाएंगे और समुद्री तटों और द्वीपों पर जो रहने वाले करोड़ों की जनसंख्या है उनको हम कहाँ लेकर जाएंगे क्योंकि आप किस भारत में भी देख लीजिए जो प्रमुख भारत में भी जो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो सबसे प्रॉस्पेरस एरियाज हैं सबसे ज़्यादा समृद्ध इलाके हैं वो समुद्री तटों के आसपास ही बसते हैं उन सबको हम कहाँ लेकर जाएंगे कैसे उनको उनका प्रवास करेंगे कैसे तो हम ये तो है नहीं क्या दीवार बना के खड़ी कर देंगे वो वो पॉसिबल वो सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है अगर इतना सेंटीमीटर बढ़ेगा आने और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन सहित जलवायु कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी ये वो समय था जब जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीरता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी उसके लिए सभी देश मिलकर कुछ इसके इसको लेकर एक समझौता बनना चाहिए जिसमें सभी देश आपस में सहयोग कर सकें इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए एक समझौते बनाए जाएं। तो उसकी उसकी उसकी उसका आधार क्या हो उसका नींव क्या हो उसकी नींव रखी आई के प्रथम आकलन रिपोर्ट ने ये आकलन रिपोर्ट का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र ने फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना करी थी इसके बाद आईपीसीसी द्वितीय आकलन रिपोर्ट लेकर आया 1995 में पाँच वर्ष बाद जिसमें उसने बताया कि अब ये बढ़ोतरी 0.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0.6 पॉइंट डिग्री सेल्सियस हो चुकी है ऐसा नहीं है कि पाँच वर्ष में ही ये 0.3 से 0.6 हो गया है धीरे धीरे जैसे मॉडल जो जो भी मॉडल इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें जैसे जैसे और डेटा जुड़ता जाता है और साइंटिस्ट दुनिया के कुछ इलाकों की जगह और भी इलाकों को शामिल करने लगते हैं वहाँ का टेम्परेचर वहाँ का डेटा उसको शामिल जैसे जैसे और डेटा शामिल होने लगता है तो आपका जो एनोमैली होती है जो मॉडल में जो कमियां होती हैं वो दूर होने लगती हैं और बेटर रिजल्ट आने लगता है तो ये देखा गया कि असल में ये जो सतह का तापमान है ये 0.3 डिग्री सेल्सियस नहीं अब इसको 0.6 डिग्री सेल्सियस माना जाए और ये जो वार्मिंग की प्रवृत्ति है ये जारी है और खास बात यह है कि अभी उन्होंने कैलकुलेशन करी है लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है 0.6 डिग्री सेल्सियस की इसका प्रमुख कारण क्या है क्या मानवीय गतिविधि या ये एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत हो रहा है धरती के अंदर धरती के वातावरण में अपने आप कुछ बदलाव आ रहे हैं या मानव मानवीय गतिविधियों से उद्योग के होने से ये ये, ये बढ़ रहा है इसको अभी स्पष्ट रूप से इसका कोई साक्ष्य आई पी ने नहीं दिया था हालांकि द्वितीय आकलन रिपोर्ट में आईसीसी ने माना आईसीसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो जो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो ये तापमान बढ़ रहा है औसत औसत तापमान बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि इसके लिए जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है वो मानवीय गतिविधियां हैं और मानवीय गतिविधियों में विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों का जलना है यानी कोयला तेल इन सब जलना ये आ, ये इसके लिए जिम्मेदार है उन्होंने अनुमान भी लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकेंद्रण है वो सन इक्कीसौ जाएगा तो इसमें भी हुई। पहले ये था। इसको इन्होंने रिफाइन करके पांच सौ पचास बताया द्वितीय आकलन रिपोर्ट में और भी बातें उन्होंने बोली कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव डालता है कैसे कई प्रकार के पौधे और वनपतियाँ और जो जो जानवर हैं उनकी कई प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं क्यों क्योंकि पानी के टेम्परेचर में थोड़ा सा भी अगर बदलाव हो जाए तो कई प्रकार के जो जीव होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं अगर गर्मी बढ़ जाए तो कई प्रकार के पौधे जो पानी में जो जो सतह पर हैं जैसे गेहूँ जैसे अब बात की जा रही है कि हमारे हमारे देश में देखिए कि जो सर्दी का जो मौसम है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और एक बात और देखी जा रही है ये दूसरी वर्ष में लगातार ऐसा हो रहा है अभी मार्च तक जो महीना जो मार्च तक जो मौसम था वो ठंडा ही था मतलब अब बीच में जो स्प्रिंग का मौसम आता है वसंत ऋतु है अब वो देखा जा रहा है कि वो उसे स्किप किया जा रहा है मतलब एकदम ठंड का मौसम होता है और वो अचानक अभी पता चल रहा है कि 20-25 डिग्री का टेम्परेचर है और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो टेम्परेचर बढ़ के इकतालीस बयालीस चौवालीस टेम्परेचर होने लगा जैसे आज की तारीख में कई सारे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी 44, 45 डिग्रीज हो रहा है जबकि इन्हीं जगहों पर अब से 15-20 दिन पहले टेम्परेचर बीस पच्चीस के आसपास देखा जा रहा था तो एक तरह से आप स्किप करने लगें आप वसंत ऋतु को स्किप करने लगें इसका मतलब जो केवल हम उन पौधों की बात ना करें उस वस, उस केवल उन वनस्पतियों की बात ना करें जो जंगल में है उनको तो नुकसान हो रहा है जिन पर हम निर्भर भी हैं जैसे गेहूं की फसल तो उसको पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा एकदम सर्दी से गर्मी आने की वजह से ओलावृष्टि का हो जाना समय बारिश का हो जाना ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण होता है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी पर गेहूं की उत्पादकता पे फर्क आता है और आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि भारत को गेहूं जो जिसको नेट एक्सपोर्टर माना जाता है पूरी दुनिया का कहीं ऐसा वो समय बहुत ही जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि आएगा जब भारत को गेहूँ के लिए इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने की जगह ताकि हम अपने परि अपने पॉपुलेशन का पोषण कर सकें तो ये इस ये एक तरह से हमारी देश की फूड सिक्योरिटी से भी इसका बहुत गहरा संबंध है तो जो ये प्रजातियों की विलुप्त होने की बात की है केवल जंगली पौधे और जानवरों की बात भी नहीं है इसमें उन की भी बात की जा रही है जिन पर हमारे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा जो एक प्रतिशत है वो निर्भर है अपने खाने पीने अपने फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए तो उनके विलुप्त होने का एक जोखिम बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जो तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है उससे जल संकट पैदा हो रहा है और कृषि उत्पादकता कम हो रही है वो इसी के फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात हमने लिखी है इस रिपोर्ट ने क्योटो प्रोटोकॉल नामक एक समझौते को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर इस कोर्स में अलग से पढ़ाया कहीं पर गया है तो आप उसको दोबारा से अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत इम्पोर्ट काफी समय तक च, इस समझौते चला और इसके काफी अच्छे बुरे नतीजे दोनों प्रकार के सामने आए फिर आया तीसरा आकलन रिपोर्ट जो सन 2001 में अगर आप अब मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि तीसरा क्योंकि सब में अगर आप पढ़ेंगे तो बस कैसे कैसे उन अपने नए मॉडल्स में डेटा छुड़ता चला गया मॉडल्स और इम्प्रूव होते चले गए तो कैसे ये और स्पष्ट होता चला गया ये साक्ष्य और मजबूत होते चले गए कि कैसे मानवीय गतिविधियां ही अब पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहे हैं इससे पहले यदि पृथ्वी का इतिहास देखेंगे आप मतलब अब से 500 करोड़ साल बाद पहले हजार करोड़ साल पहले अगर आप जाएंगे तो पृथ्वी के अपने तरीके थे सर्द सर्द होने के गर्म होने के लेकिन अब की बार तो उसको गर्म होने का जो वजह है वो मानव खुद है और इसी को इसमें जो भी प्रगति की गई आगे के रिपोर्ट्स में बताया गया जैसे इसमें कहा गया है मानवीय गति ये स्पष्ट रूप से रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि मानवीय गतिविधियां ही ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट कारण है और वार्मिंग की दर लगातार बढ़ती जा रही है और इन्होंने इसमें भी जो 0.6 डिग्री से बढ़ाकर ये इसको 2.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दिए कैसे ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघल रही है जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है सन 2007 में आई द्वारा चतुर्थ आकलन रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें ये फिगर रिवाइज होके 0.7 हो गया और इसमें एंटार्क्टिक आइस चीट हिमालय के ग्लेशियर्स इनके बारे में इनके पिघलने के बारे में बात हुई कि कैसे समुद्री स्तर बढ़ेगा और जल संकट बढ़ेगा ये प्रेजेंटेशन में ऑफकोर्स आफ्टर दिस लेक्चर मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ और इसके साथ जो भी प्रश्न इससे जुड़े होंगे वो भी मैं शेयर करूंगा तो आपके पास ये पहुंच जाएगा तो इसमें और भी कई बातें जुड़ती चली गई कि कैसे इससे निचले इलाके शुष्क इलाके सूखे इलाके जिनकी सीमित क्षमता है जलवायु परिवर्तन से लड़ने की स्पेशली जो विकासशील देश हैं, क्योंकि विकसित देशों के पास तो पैसों की कमी नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपने इस इससे इस लड़ने के तरीके खोज लेंगे पर विकासशील देश जहां पर हम अपनी मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आधारभूत ढांचा है हमारे पास वही नहीं है तो ऐसे में विकासशील देश कहीं ना कहीं विकसित देशों पर फाइनेंसिंग क्योंकि विकसित देश ये क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जलवायु परिवर्तन अभी हम देख रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हुआ है और वातावरण में उसका संकेतन बढ़ा हुआ किसके कारण बढ़ा है इन विकसित देशों के कारण ही जो विकसित देशों में औद्योग सबसे पहले यहीं पर आया यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड स्टेट्स में विकसित देश है आज इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया आज ये विकसित देश है और जो विकासशील देश हैं इनको इनके बाद डुअल चैलेंज है इनको केवल विकास ही नहीं करना विकास भी इस तरह से करनी है कि पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचे जब वो विकास कर रहे थे तब भी पर्यावरण को नुकसान हुआ तब उसकी तब पर्यावरण को लेकर लोग सजग भी नहीं थे पर्यावरण से क्या नुकसान हो रहे हैं उसको लेकर लोग सजग नहीं थे अब लोग सजग हैं अब आप विकास करेंगे बिना पर्यावरण के सोच के तो उसके गंभीर परिणाम होंगे तो विकासशील देश ऑलरेडी एक डबल बटन से जूझ रहे हैं कि विकास तो करना ही है पर विकास भी ऐसा कि उससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और ऐसे में विकसित देशों अविकसित देश विकासशील देशों को आ, मदद करें फाइनेंस के रूप में आ, ये एक अलग टॉपिक है और फिलहाल इस लेक्चर से उतना अभी रिलेटेड नहीं है अभी आईपीसीसी का छठा आकलन रिपोर्ट सन 2021-22 में आना शुरू हुआ है अभी रिपोर्ट पूरी रूप से नहीं आई है क्योंकि जो ये रिपोर्ट होती है कई भागों में होती है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इस प्रकार से तो जो अभी उन्होंने जो रिपोर्ट में बताया है कि 1950 और 1850 और उन्नीस सौ की जो अवधि है उसकी तुलना में अब जो सतह का तापमान है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगले दो दशकों में यानी अभी 2021 हजार है तो 2040-2050 के बीच में आई ने कहा है कि ये बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा और इस सदी के अंत तक ये कंफर्टेबली दो डिग्री के ऊपर चला जाएगा जिसके गंभीर प्रभाव हमें झेलने पड़ सकते हैं अब मैं आपके सामने आई की ये छह आकलन रिपोर्ट है और इसको आप आई जब सर्च करेंगे गूगल पे तो इसकी वेबसाइट पे जाकर आप सब देख सकते हैं मैं शुरू में मैंने बोला था कि ये जो हम कह रहे हैं कि 0.3 डिग्री सेल्सियस हमारा औसत टेंपरेचर बढ़ गया फिर ये अब ये 1.5 डिग्री हो गया मतलब 1990 में कहा गया कि ये कि हमारा जो लैंड टेंपरेचर है सतह पर जो हमारा जो हमारी जो उस, जो एवरेज टेंपरेचर है लैंड टेंपरेचर इन अर्थ पे पृथ्वी पर वो समय लग माना जाता है चौदह पंद्रह डिग्री के आसपास होता है और ये इसमें बढ़ोतरी देखी गई 1990 में 0.3 डिग्री लेकिन आप ये देखिए 90 वर्ष मतलब 18 अगर आप देखिए 1850 और 1900 की तुलना में 1990 तक ये बढ़ोतरी 0.3 डिग्री सेल्सियस की थी 1990 और अभी में 30 साल का ही फासला है और ये इस 30 साल के फासला में ये जो बढ़ोतरी है 0.3 से बढ़कर वन डिग्री हो गई है मैं फिर से रिपीट तो पचास और 1900 सौ की अवधि में उससे पहले जो टेम्परेचर था उसके 90 वर्ष बाद 1990 में आईपीसीसी ने यह आकलन किया कि टेम्परेचर 0.3 डिग्री सें, सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज औसत रूप से बढ़ गया है 1990 और 2021-22 के बीच यानी 30 साल के अंतर के बीच ही अब यह बढ़ोतरी 0.3 से बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस हुई है यानी हम कितनी जल्दी जल्दी अब इसको हम अचीव अपना हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है हर रिपोर्ट में एक चीज कॉमन देखेंगे आप मैं हर रिपोर्ट की पहली लाइन में मैंने ये बताया कि कैसे क्या आई अनुमान लगा रहे हैं कि कितना बढ़ोतरी हो गई कितनी बढ़ोतरी हो गई आखिर इस बढ़ोतरी के मायने क्या हैं वो इस आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम मुझे आ, मिला है थैंक्स टू लॉट्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ये है प्लेनेट अर्थ का टेंपरेचर और ग्राफ में देखिए आप केवल एक तो y ये देखिए y एक्सिस को जिसमें लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड वर्सेस 1960-1990 एवरेज क्या ये सब कुछ दिख रहा है आपको जी, तो आप ये लेफ्ट साइड पे देखिए इस वाले एक्स अक्ष को देखिए एक्स एक्सिस पे इसमें क्या लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड बनाम उन्नीस सौ साठ से उन्नीस सौ नब्बे का एवरेज ठीक है यानी इसमें जो टेम्परेचर है वो एक तो डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट किया गया है दूसरा 1960 और 1990 यानी इन 30 वर्षों में जो भी पृथ्वी के सतह पर जो टेम्परेचर थे उनका औसत कैलकुलेट किया गया और उस औसत से जो भी विचलन है ऊपर नीचे का उसका यहां पे कैलकुलेशन है मान लीजिए कि उन्नीस और उन्नीस के तीस साल में पृथ्वी की सतह का औसत टेंपरेचर है 15 डिग्री तो ये प्लस टू क्या दर्शाता है प्लस टू दर्शाता है 15 डिग्री से दो डिग्री ऊपर टेंपरेचर चला गया यानी 17 डिग्री प्लस चार दिखाता है 19 डिग्री प्लस छह दिखाएगा फिर 21 डिग्री ऐसे ही तो इस जीरो का मतलब हुआ जो औसत टेंपरेचर चल रहा है मान लीजिए पंद्रह में मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है पर इन्होंने जो औसत किया उसको जीरो मान लिया उसमें जो विचलन होगा ऊपर नीचे माइनस टू प्लस टू वो यहां पर नजर आ रहा है क्या ये आपको समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो हाँ बोलिए नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताऊंगा सर फिर से रिपीट कर लीजिए जीरो प्लस टू का मतलब मान लीजिए कि 1960 साठ यहां पर आप लेफ्ट साइड पर यहां पे लिखा हुआ है सिक्सटी टू एवरेज यानी 1960 से लेकर 1990 एक सेकेंड मैं इसको दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करता हूं रुकी एक मिनट अब दिख रहा है आपको मैंने दोबारा शेयर किया है यस yes, सर अब अब ये मेरा माउस दिख रहा है आपको माउस दिख रहा है चलता हुआ कर्सर जी सर अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है 1960 से 1990 यानी इन 30 वर्षों उन्नीस सौ साठ से उन्नीस सौ नब्बे हर वर्ष में 1960 से लेकर 1990 तक हर वर्ष जो भी पृथ्वी का जो टेम्परेचर था उसका इन्होंने औसत उसक ले लिया डिवाइड बाई थर्टी औसत ले लिया मान लीजिए कि वो कोई एक औसत निकला मान लीजिए वो औसत है पंद्रह डिग्री ठीक है अब जी जी उसको आप मान लीजिए जीरो नॉर्मलाइज कर दीजिए उसको मान लीजिए कि वो औसत जीरो है मान लीजिए कि वो औसत जीरो है तो ये क्या दिखाता है प्लस टू प्लस टू दिखाता है कि वो जो औसत टेम्परेचर है जो एवरेज टेम्परेचर है वो औसत से दो डिग्री ज्यादा हो गया यानी अगर पृथ्वी का औसत टेम्परेचर पंद्रह है तो प्लस टू का मतलब ये सत्रह डिग्री हो गया समझ में आ गया यस yes, सर जीरो प्लस फोर का मतलब औसत से चार डिग्री ज्यादा विच, विचलन आ गया माइनस टू का मतलब औसत से दो डिग्री कम अगर yes. ज्यादा है इसका मतलब आप पहले से ज्यादा गर्म युग में आ गए हैं ओवरऑल आपके टेम्प आप जो जिस मतलब जो गर्मी का सीजन ज्यादा लंबा होगा ठंड का सीजन छोटा होगा जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे कि आप गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है ठंड का सीजन ये जो कोल्ड मंथ्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स का मतलब है कि जो समर सीजन है वो भी ठंडा हो गया है हम एक आइस एज में चले गए हैं बर्फीले युग में चले गए हैं जिसमें बर्फ ज़्यादा पड़ती है ज़्यादा इलाकों में पड़ती है ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आप समझे समझ गए ना इसका मतलब जीरो से नीचे मतलब ठंडा युग पहले औसत से कम टेम्परेचर और जीरो मतलब, से ऊपर मतलब औसत से ज्यादा टेम्परेचर यहां तक समझ में आ गया सबको ठीक yes, है अब ये तो आपको समझ में आ गया और ये सब डिग्री सेंटीग्रेड पे है. अब आप ये देखिए नीचे इसको आप Y एक्स मान लीजिए ग्राफ का इसमें क्या क्या दिखाया गया है मैं यहां से शुरू करता हूँ पांच सो चार दो इसका मतलब क्या हुआ 500 का मतलब क्या हुआ? 500 का मतलब यहां पर नीचे लिखा हुआ है यानी आज अगर 1990 है, तो 1990 से 500 सौ मिलियन वर्ष पूर्व 400 का मतलब हुआ हमारा जो वर्तमान चल रहा है अभी का उससे 400 सौ मिलियन वर्ष पूर्व पूर्व तो एक मिलियन में कितने साल आएंगे एक मिलियन वर्ष में एक मिलियन वर्ष में होते हैं दस लाख वर्ष एक मिलियन में दस लाख वर्ष होते हैं तो 400 मिलियन में फिर कितने वर्ष हो जाएंगे 400 मिलियन का मतलब है चालीस करोड़ वर्ष समझे आप 500 मिलियन का मतलब हो जाएगा 50 करोड़ वर्ष समझ गए तो ये 500 का मतलब हुआ कि अभी से जि, जिस अभी हम जा, अभी जो हमारा प्रेजेंट है 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैसे टेम्परेचर था 40 करोड़ वर्ष पूर्व कैसा टेम्परेचर था 30 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ समझ गए आप ये समझ में आ गया आपको तो आप देख सकते हैं कि 500 मिलियन वर्ष यानी लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व आप टेम्परेचर देखिए पृथ्वी का आज जो टेम्परेचर है मतलब 1990 में जो टेम्परेचर था जो औसत 1960 और 1900, इसको आज ही का मान लीजिए मतलब इसको हम आ, इसको हम हम आज का भी मान सकते हैं तो उसके मुकाबले 14 डिग्री ज्यादा गर्म थी पृथ्वी अब आप देख सकते हैं चौदह डिग्री ज्यादा मतलब कितना गर्म टाइम था समझ रहे हैं? और चार और आप देख लीजिए ये नीचे गया और चार चार प्लस चार पे रह गया फिर ये एकदम ऊपर चला गया प्लस बारह में रह गया ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ऊपर नीचे का ये मॉडल्स हैं ये जो आईपीसीसी ने और दुनिया भर में जो शोध हो रहा है उससे डेवलप हुआ ये कि पांच के पचास करोड़ वर्ष पूर्व क्या टेम्परेचर था हमारे धरती पर चार करोड़ आप तो आप ये वाला समय देख लीजिए 500 से लेकर 100, 500 से लेकर 100 वाला देखिए इसमें देखिए कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है टेम्परेचर 14 प्लस 14 प्लस चार प्लस 12 और फिर गिर के -2, और फिर एकदम बड़ा प्लस टेन फिर गिरा प्लस टू यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है कभी बहुत गर्म हो जाता है कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता है औसत से नीचे चला जाता है जो हमारा वर्तमान औसत है ये वाला समय देखिए दिख रहा है सबको जहां पर के लिखा है ये वाला समय देख रहे हैं आप सबको दिख रहा है जी, जी सर इस यहां पर एक शब्द लिखा है के टी ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये वाली लाइन इसको हम के लाइन कहते हैं एक आप देख रहे हैं कि ये लाल जो लाइन है जो पी लाल पीली लाइन है यहाँ पर आती है और अचानक से ये जो टेम्परेचर है यहाँ से कूदकर कर यहाँ चला जाता है यानी इस पॉइंट पर ये टेम्परेचर छ प्लस छ है यानी औसत से डिग्री ज्यादा और अचानक से यहाँ पर आ जाता है यानी कुछ ही समय में ये पृथ्वी का औसत टेम्परेचर प्लस छः से बढ़कर प्लस टेन हो गया यानी पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो चार डिग्री और बढ़ गया ये कौन सा समय था ये वो समय था जब डायनासोर्स का विनाश हुआ था ये जोरासिव पीरियड कहते हैं इसे डायनासोर्स उस समय फल फूल रहे थे जो वो युग था वो टाइम था डायनासोर्स का वो का, वो गर्म टाइम था मतलब वो इतने बड़े की डायनासोर एक तरह से छिपकली का ही बड़ा रूप है और छिपकली का इतना बड़ा रूप हमारी पृथ्वी पर जी रहा है वो उसके लिए उसको और इस टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो अब से लगभग चार छ या छ या आठ डिग्री ज्यादा होने पर वो डायनासोर जी रहे थे लेकिन जब एक बड़ा सा पृथ्वी से उल्का पिंड पिंड टकराया था मैं टकराया था पत्थर टकराया था जिससे पूरे धरती पर एकदम टेम्परेचर बढ़े तो देखिए कैसे टेम्परेचर बढ़ गए उसकी वजह से पूरी की पूर, पूरी जो जुरासिक जो जोरासिकसोर्स की जो फैमिली थी वो खत्म हो गई और देखिए कैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया और यहाँ पर पहुंच गया अच्छा ये वो समय है जब डायनासोर खत्म हो गए और स्तनधारी जीव आ गए उनका अधिपत्य हुआ और देखिए उसके बाद लगातार टेम्परेचर गिरता चला गया गिरता चला गया गिरता चला गया कूल होता चला गया ठंडा होता चला गया ये वाला समय देखिए ये वो वाला समय है जब धीरे धीरे मनुष्य यानी होम जो होमोसेपियंस हमको होमो होमोसेपियंस कहा जाता है हमारे जो परदादा थे जो हमसे पहले के जो दूर के रिश्तेदार है वो इस समय आते हैं पृथ्वी और ठंडी होती चली गई ठंडी होती चली गई ठंडी होती चली गई और यहाँ ये कौन सा वर्ष है एक हजार ऑफ ईयर्स बिफोर यानी लगभग दस लाख वर्ष पूर्व का समय अब हम यहाँ पर आ गए दस लाख वर्ष से अब ये वाला समय देखिए दस लाख की टेम्परेचर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है कितनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे और ये ठंडा युग और पृथ्वी जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे। अल्टीमेटली बीस हजार वर्ष यहां पर आ जाइए ये यह सब यहां पर सबको यहां तक सबको समझ में आया हालांकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं आपके साथ ही ग्राफ शेयर करूंगा तब आप समझ जाएंगे यहां तक सबको समझ में आ गया जी सर तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तो पृथ्वी का जो सतह का जो टेम्परेचर है तो वर्ष जब मनुष्य पूर्ण रूप से अब धरती पर पृथ्वी पर अपना अधिपत्य शामिल अपना प्राप्त कर चुके थे स्ट्रॉन्ग एक स्पीशीज के रूप में उभर चुके थे दुनिया के बाकी सभी जानवर मनुष्य के ऊपर निर्भर हो गए थे ना नगभग दस हजार वर्ष पूर्व दस हजार दस हजार वर्ष पूर्व से लेकर अब तक वर्तमान में यह सीधी लाइन है यानी दस हजार वर्ष पूर्व जो हमारे पृथ्वी का औसत टेम्परेचर था जो आप एक मान सकते हैं कि हमारा अगर हम अपने इतिहास के बारे में जब भी पढ़ते हैं मनुष्य के समाज के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं शहरों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ये उस समय से लेके अब तक पृथ्वी लगभग एक ही औसत टेंपरेचर पर है इसका मतलब यहाँ से टेम्परेचर ऊपर चला जाए या चार डिग्री नीचे चला जाए तो हम क्या उसे सह पाएंगे डायनासोर तो नहीं सह पाए और जो भी आप ये फ्लक्चुएशन का टाइम देख रहे हैं ऊपर नीचे ये सब वो वाले समय समय के वो बिंदु हैं जब कोई ना कोई बड़ी प्रजाति जो धरती पर थी चाहे वो पौधों की प्रजाति हो चाहे वो किसी जीव की प्रजाति हो वो विलुप्त होती चली गई हर बार जब, जब भी ऊपर नीचे टेम्परेचर हुआ ऊपर से नीचे फ्लक्चुएट हुआ हर बार वो बिंदु किसी ना किसी प्रमुख प्रजाति की विलुप्ति का कारण बिना हम अपनी विलुप्ति का ही कारण खुद बना रहे हैं ये आईपीसीसी कह रहा है कि अब आप देखिए जरा अब ये देखिए ये सन 2100 में ये सन 2100 है मान लीजिए आईपीसीसी ने अनुमान लगाया मान लीजिए हम यहां पर आ गए या सन 2050 में हम यहाँ पर आ गए क्या हम हमने तो ये समय देखा ही नहीं क्या होगा इस समय में गंभीर परिणाम हो सकते अब मैं आगे चलता हूं इसी को इसी में ये ग्राफ थोड़ा और इंटरेस्टिंग है जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहले प्लांट्स पे डायनासोर आए फिर इंसान आया क्रांति आई हम अभी ये वाला युग देख रहे हैं और ये ऊपर जा सकता है अभी जो मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिखाया था ये वाला इसी को हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे ये वाला टाइम हम अभी इसमें है और सन माना जा रहा है कि सन 2016 में हम यहां पर आ चुके हैं और जैसा कि कि वो कह रहा है है अभी लेटेस्ट जो रिजल्ट है, 2020, 2021, जो रिजल्ट 2020-21 इस ग्राफ में देखिए सन अठारह सो पचास में धरती का औसत तापमान शून्य से लगभग जीरो पॉइंट फाइव डिग्री कम था जो अठारह सो पचास से बढ़कर दो हजार पच्चीस में लगभग एक डिग्री ऊपर पहुंच हो गया यह तेजी से बढ़ रहा है बात यह है आईपीसी कह रहा है कि अगर अगर औसत तापमान धीरे धीरे बढ़े तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। है हम उसको कंटाई भी नहीं देख रहे एंटार्कटिक आइस चीट एंटार्क्टिका आर्कटिक, हिमालया यहां पर जो बर्फ कई सदियों से लाखों सालों से जो जमी हुई हुई है पहली बार अब वो पिघल के टूट रही है नीचे आ रही है इससे जब जल संकट बढ़ेगा समुद्र का स्तर बढ़ेगा और वापसी का कोई कोई राह भी नहीं होगी क्योंकि एक बार हमने हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जो हमारा पिछला इतिहास ये बताता है कि ये कई कई लाख वर्षो तक ऐसा चल सकता है तो हम अपनी विलुप्ति का रास्ता ही बना रहे हैं अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा और हम उस समय चांद पर या मंगल पर रहने के उपाय खोज लेंगे जैसा कि हमें कई लोग बताते हैं वो बिल्कुल भी संभव नहीं होगा तो आई की रिपोर्ट एक गंभीर, गंभीरली प्रिपेर्ड रिपोर्ट है और इसको पूरी दुनिया में इसका इसका लोहा माना जाता है तो मैं इसी लेक्चर को यहीं पर विराम दूंगा टाइम काफी हो गया है आठ बजने वाले हैं मैंने कोशिश ये करी है कि थोड़े से समय में आपको इतना इंस्पिरेशन देने की कोशिश करूं कि आप अपने लेवल पर इसको और गहराई से समझें और इसको इस पर आप भी बनेंगे पीएचडी करेंगे डॉक्टरेट करेंगे रिसर्च करेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए आईपीसीसी पी फ्रेंड्स के रूप में काम कर सकता है क्योंकि ये केवल एक टेक्नोलॉजी या एक साइंस का विषय नहीं है इसका ये एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी इशू है और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इसको भली बांधती इसका इस्तेमाल कर सकते हैं देश के सभी समझ लीजिए कि ये हमारी नेशनल नेशनल सिक्योरिटी और विश्व के स्तर पर यह ग्लोबल सिक्योरिटी का विषय है तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूँगा और प्रीति मैम और अमित सर को दोबारा से थैंक यू करूंगा सही बात तो सच बात तो ये है कि इस लेक्चर के थ्रू मैंने भी ये वंडरफुल चीज़ें सीखी हैं और मैं खुद चौंक जाता हूं जब ये सब देख रहा पढ़ रहा हूं और मुझे इसको शेयर करने में भी बहुत मज़ा आया थैंक यू वेरी मच अमित सर एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स कि आपने कोशिश करी आ, मुझे फॉलो uh, करने की और कोशिश करेंगे कोशिश कीजिएगा कि इसको अपनी तरफ से इसको अपनी नॉलेज को बेहतर बनाए इसमें आगे बढ़ें थैंक यू वेरी मच थैंक सर थैंक यू सो मच सर हाँ सर आपने मतलब तो इतने इंटरेस्टिंग वे में और इतनी कठिन कठिन चीजें बच्चों को बताई हैं और जो ग्राफ आपने बनाए जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई तो अक्सर बच्चे ग्राफ देखते हैं और उसको समझते नहीं हैं लेकिन आपने उसको समझने का तरीका भी जो बता दिया है और इतने प्यार से इतने सरल तरीके से वो पूरा ग्राफ इतना लम्बा चौड़ा जो आपने बताया है वो बहुत ही शानदार था सर और मैं जब भी आपको सुनती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और आप एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं और मुझे लगता है हमारे सारे स्टूडेंट्स भी इस बात से अग्री करेंगे और आपसे इंस्पायर होकर के वो इस टॉपिक और और इंटरेस्ट फुली मतलब ढूंढेंगे सर्च करेंगे और काम करेंगे इस पर तो मैं मतलब भी कह सकती थैंक यू मैं इसे से आशीष आशी हूँ जी सर जी समीक्षा में पर्यावरण से अध्याय था।, था और ने से से से था। तो तो ने और था देशा से पच्चीस विद्यार्थी आए थे से अभी भी सही समय ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने उनको किस तरह से कि इंटरेस्ट बांधे रखा उनका ये अच्छी बात है मुझे ये समझ में आया कि सही न सही विद्यार्थी समझ रहे हैं हमें सिर्फ चाहें तो हमें शिकायत दे सकते हैं उन्हें रेसा सहसा बार या कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं या समान सहसा तो भी कर सकते हैं पाँच सात मिन चाहे सवाल है तो बता हाँ जी सुध ये सर दिस द सिन्हा हेन आवाज फिर ही नहीं है हेलो हम्म हेलो जी सर थोड़ा सा टाइम दीजिए सर हम्म क्या क्या कैसे समझ नहीं आ रहा है ना से सिन्हा से से से जी सर जी सर कुछ इशू आ रहा है और कोई भी फीडबैक देना चाहे तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम हाँ, हाँ, मतलब एक्चुअली सबको भूख लग रही है और अब ये चाहते हैं, हैं। कि पेट पूजा हो जाए इनकी और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा अब ऐसे ही होगा हाँ कहते हैं ना पेट में नहीं पटेंगी रोटियां तो सारी बातें खोटियां चलो सर सर जी जी जी, जी हाँ, दीपू ये मैं ये जो लास्ट का जो टेंपरेचर चेंज जो जो लास्ट के है उन्नीस नंबर mm -hmm. इसमें थोड़ा सा सर समझ में नहीं आ रहा है सर ये, ये जो ग्राफ जो ऊपर की ओर पड़ रही है ये क्या इसको आप थोड़ा और सरल भाषा में एक्सप्लेन कर हैं हैं सर? एक, एक एक एक एक एक एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं, टिपिंग पॉंट। टिपिंग पॉइंट। पॉइंट का मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक बार आपने एक एक एक चीज को पार किया फिर कोई वापसी नहीं है आप गलतियों किए जा, जा, जा रहे हैं लेकिन कहते हैं ना कि होत क्या अगर चुग गई खेत पर ये ये एक ऐसा पॉइंट का वो वो ये कह रहे हैं कि यदि जिस प्रकार से का जो, स्पष्ट स्पष्ट जो, जो जलवायु परिवर्तन है जो गर, गर्मी बढ़ती जा रही है इसका ये स्पष्ट रूप से अब ये पता चल गया है कि इसके लिए जिम्मेदार मानव है ये धरती में भी कई प्रकार के धरती के अंदर से भारी ऐसे तत्व होते हैं जो धरती के वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं जैसे डायनासोर्स जो थे वो विलुप्त हो गए क्योंकि इसके लिए कोई डायनासोर्स कुछ जिम्मेदार तो है नहीं बाहर से एक कोई घट एक घटना हुई हमारी धरती से एक बहुत बड़ा एक पत्थर टकराया जिससे पूरी वो विनाश का कारण बना तो अब की बार ये जो ऐसा और एक समय ऐसा भी था कि धरती इसलिए गर्म हो गई क्योंकि कई सारे ज्वालामुखी पूरे पृथ्वी पर इकट्ठे फट गए जिस वजह से गर्मी हो गई लेकिन अब क्या ज्वालामुखी फट रहे हैं पूरे पृथ्वी पर या बाहर से आकर कोई टकरा आ गया नहीं अब की बार जो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जो आप देख रहे हैं असमय बारिश होना हर वसंत ऋतु हम देख ही नहीं रहे बसंत सीधा ग्रीष्म हम ठंड से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता हम बताएं क्या आप अपने बच्चों को कि कैसे कैसे ऋतु होते हैं मतलब अगर जैसे इस समय मार्च का मौसम चल रहा था समझ नहीं आ रहा था कि उनको बताएं कैसे कि यह बसंत ऋतु है उनको तो लगेगा कि ये बारिश का ऋतु चल रहा है और अभी इतनी गर्मी आ गई मतलब मौसम का मौसम की चाल बिगड़ जाना और चक्रवात आना आंधी तूफान गलत समय पर आना हम अब और इनको क्या हमारी झेलने की ताकत है कि अगर अब से ये सौ गुना इनकी ताकत बढ़ जाए ये जो प्रकोप है ये जो परेशानियां हैं ये जो परिणाम है अगर ये इनकी गंभीरता 100 गुना बढ़ जाए क्या किसान झेल पाएगा क्या हम संकट झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे और इसका कारण ये नहीं है पृथ्वी में अंदर से कुछ हो रहा है लेकिन हम वो, हम एक टिप्पिंग प्वाइंट पे पहुंच रहे हैं टिप्पण प्वाइंट का मतलब अब हम एक, वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास समय है कि हम कार्बन उत्सर्जन को रोक ले हम टेक्नोलॉजी का यूज करके विकसित देश विकासशील देशों की मदद करके इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो की जो प्रेजेंस बढ़ती जा रही है वातावरण में अगर इसको हम रोक लें तो हम ये जो औसत टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का इसको बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि हमें थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए इस गर्म मौसम को झेलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमें समय मिल जाए लेकिन हम तो अपने आपको समय दे ही नहीं रहे क्योंकि हर हर देश केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि जो कार्बन जो क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब एक देश में मान लीजिए एक, एक आपके घर के पास एक फैक्ट्री है वहां से अगर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है धुआं निकल रहा है तो वो धुआं केवल आपके घर के ऊपर नहीं रहेगा वो विश्व के के वातावरण में वो घुल मिल जाएगा और इससे केवल आप प्रभावित नहीं होंगे हर कोई प्रभावित होगा लेकिन सब मिलकर साथ नहीं आते इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने ग्राफ दिखाया वो ये कह रहे हैं कि यदि हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया आपसी सहयोग नहीं किया मदद नहीं करी एक दूसरे की तो ये विकास वि, विनाश का कारण बन जाएगा पृथ्वी का टेंपरेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक समय के बाद जब हम कोशिश भी जितनी मर्जी कोशिश करें कि इसकी वापसी नहीं होगी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और हमें नहीं पता कि आज से टेम्परेचर चार डिग्री भी ऊपर हो जाए तो हम उसका परिणाम झेल पाएंगे या नहीं हम अभी भी नहीं झेल पा रहे हैं तो वो ग्राफ ये कह रहे हैं आपके साथ जब मैं ग्राफ शेयर करूंगा अमित सर आपके साथ वो ग्राफ शेयर करेंगे तो उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी और आप मुझे कभी, कभी भी अलग से आप मुझे फोन कर सकते हैं बात कर सकते हैं मतलब वो एक टिपिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वापसी होना नामुमकिन है वापस हिमालय में ग्लेशियर नहीं आएंगे वापस एंटार्टिका जम नहीं जाएगा तो ये सब कैसे करेंगे इनको आप कैसे रोकेंगे इसकी बात हो रही थी समझ में आया कुछ दीपोन सी बात है जैसे ऐसे अभी हम समझ सकते हैं ये जो साल पहले ब्यास ने हमेशा रिहाए हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि सौदा डिग्री सेल्सियस हमें हाँ सामान भी से वहाँ चौदह डिग्री सेल्सियस उनसे तापमान भी आता तो उस समय हमारा फिर वे है अभी रहने से हम सूझ नहीं लगता था लेकिन उसी फिर से हम चाहते रहते डायनासोर और चाइण तापमान में वृद्धि होने से सामान चले जाते हैं और फिर जैसे वैसे हिमालय जनता गया है नदियाँ पहाड़ पर्वत झील वन दन, वनस्पति झील धमसे आते रहे हैं इस जैव विविधता का निर्माण होते है वैसे वैसे हमारा फिस जो है अस्थायी होते गया है और एक हजार बस वाले दिखा रहे हैं ये जो तीसरी तापमान है वह तीर तक हमारे अनुसू हो गया है फिर एक समय आता है अठारह सौ पचास जब यूरोप में उसने राज आता है दिशान राज से वहाँ पे औजदारी श्रांति होती है और उस ने में उसमें दहानी के लिए से जैर संपदा था जैर संसाधन से उनका और संसाधन से सहारा बनाश रहे नए नए देश झूंधे बजाय झूझे अपना दिशा उनका दिशा अब भारत उन्नीस सौ सैतालीस में आजाद हुआ या भारत जैसी जो देश है ब्राजील है इंडोनेशिया है जिसमें देश रहते हैं बाद में आजाद दे वे बाद जलवायु तीसरी तो तो से तापमान में वृद्धि तीसरी से तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन होता है और तीसरी जितने भी जैल संपदा है संसाधन है। है हैं, हैं, एक जिसने अपना करते करते गया, और यह वैज्ञानिक संसाधन के माध्यम से यूनाइटेड नेशन के माध्यम से आधार से से और से ये से अहमद लिया गया जलवायु परिवर्तन का सीधा सीधा संबंध है तीसरे से तापमान में वृद्धि होने से और तीसरे से तापमान में वृद्धि हुआ है और जल्दी शांति में जो साधन विसर्जन हो रहे हैं जब वर्तमान विषास से ढांचा में है तो किसी के पास इतना जैव संसाधन नहीं है कि उस विषास के नाम जो से जो साधन सृजन हो रहा है अवशोषण में ही हमेशा वजह से वही साधन विश्व से तापमान में वृद्धि रहता है तापमान में वृद्धि होने से ज़रा परिवर्तन होता है कृषि उत्पादन से भारिश होता है समुद्र से सिारे रहने वाले समूह प्रभावित सकते हैं शहर प्रभावित हो सकते हैं भविष्य ने बसाया भी और समुद्री साधन जो है उसने ऐसा हो सकता है भविष्य दफाएँ ये समुद्र के अंदर से जो हमारा समुद्री संप्रदाय है वो तापमान सूर्य से हमसे भी ज़्यादा सेंसिटिव है तो वैसे तापमान विधि मुझसे है वृद्धि और जल्दी साधन से हो रहा है अब से सामने ये सुनौते हैं कि वे कैसे बिना अपना विश्वास इतना सर्जें स्वरूप जवन भारत के मैं बोल रहा ये इस अवश्य स्वरूप जनसंख्या से लिए भोजन पर्यावरण आवास ये ये सब पैदा हैं मैं शायद समझ ऐसा बहुत अच्छा सारांश दिया सर आपने इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जब मैं कहता हूँ कि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना तो इसको आप कैसे समझे इसको आप इमेजिनेशन कैसे करें मान लीजिए कि जब गर्मी का मौसम आता है तो जहाँ पर हम रहते हैं आप और मैं वहाँ पर टेम्परेचर फोर्टी डिग्री से ऊपर चालीस डिग्री से ऊपर कई दिनों तक चला जाता है मान लीजिए अभी फिलहाल मई जून के महीने में ऐसे मान लीजिए इस प्रकार के 25 या 30 दिन आते हैं जब आपके एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस होता है वो असहनीय दिन होते हैं और असहनीय तो तब और ज्यादा हो जाते हैं अगर वो लगातार हों मान लीजिए कि ये संख्या अभी 30 दिन ये मान लीजिए कि वो संख्या 30 से बढ़कर 60 दिन हो जाए साठ से बढ़कर नब्बे दिन हो जाए यानी तीन तीन महीने लगातार मान लीजिए टेम्परेचर चालीस डिग्री से ऊपर आपके पारिवारिक जिंदगी पर आपके काम पर आपके पर्यावरण पर आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर ये स... आप ये मत मानिए कि अचानक से टेम्परेचर अभी चालीस डिग्री है तो ये पचास डिग्री हो जाएगा वो बाद में होगा लेकिन अगर गर्म दिनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाए और एक एक थोड़ा थोड़ा ऐसा ना करके एक दिन के एक दिन ठंडा है एक दिन गर्म है मान लीजिए लगातार 10 दिन के लिए असर तो तो आएगा आपकी जिंदगी पे अगर आप तो सोच अभी तो शायद हम उपाय करें हमने बताया कि अभी हम उपाय करें कोशिश करें तो हम इसको रोक सकते हैं हम अपना जैसे हमारे अगर हम अपने ही पेरेंट्स से पूछे तो वो कहते थे कि पहले कितनी ज्यादा ठंड होती थी पहले तो दिवाली के समय ठंड होती थी पहले होली के समय ठंड होती थी अब तो दिवाली भी जब हम मनाते हैं तो गर्मी होती है बिल्कुल तो वो वाले दिन जो उन्होंने देखे वो हम क्यों नहीं देख रहे <laughs> क्यों हम अपने आसपास अब देखिए जैव विविधता कैसे कम होती है जैसे हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं पहले तो नहीं मनाना पड़ता था अब क्यों बनाते हैं क्योंकि हमारे बाप दाद, हमारे बाप-दादा ने शायद अपने घर के गौरिया देखे होंगे तो देख बिल्कुल ना देखें तो ये जब हम औसत तापमान बढ़ने की बात करते तो हैं ये मैं सोची कि अचानक से सत्तर अस्सी डिग्री हो जाएगा आपके एरिया में मतलब आपके जो जो असहनीय वाले दिन है उनकी संख्या उनकी उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और हमें उसको रोकना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अब तक छह रिपोर्ट्स आ चुकी हैं आईपीसीसी की हर रिपोर्ट में वो यही बोल रहा है कि पहले से बढ़ोतरी हुई है यानी कोई फायदा नहीं हुआ है कि छह रिपोर्ट निकालने के बाद भी अगर ये समस्या जस की तस है तो ये एक हमारे ऊपर एक सवाल है मानव के ऊपर कि हम पीछे नहीं हट रहे हम अपनी विलुप्ति ज्यादा जल्दी शायद अचीव करना चाहते हैं तो आईपीसीसी की आप देखिएगा जैसे जैसे आगे रिपोर्ट्स और आती वो वो और गंभीर होती चली जाएंगी तो वो जो गर्मी का ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा इसी के ऊपर मैं अमित सर सर मैंने कुछ बेहतर बेहतर समझाया कोशिश करी पह, पहले से हाँ हा, मैं साथ है और हाँ। दिन आएंगे हम आज जो से सामने संसद हैं, हैं, जो से हैं, इस तो फैसे सुधारा जा सकता है से तो मैंने एक पिक्चर का नाम डाला है सर इंटरस्टेलर मैं बच्चों सभी बच्चों को इनवाइट करता हूं कि ये मूवी देखें ये अमेजोन या नेटफ्लिक्स पर फ्रीली उपलब्ध है और हिंदी में डब्ड है और वाक़ी में ये पर्यावरण की समस्या से ही जुड़ा हुआ है तो जब से से तो हाँ तो तो ये जरूर देखें बच्चे जरूर देखें कि इन मूवीज को देखकर भी आपको कुछ आइडिया होगा उसमें कल्पना की गई है कि कैसे अब हम इस लोग मजबूर हैं दूसरी धरती पर मतलब धरती को छोड़ने के लिए जी सर ए? है इंटरस्टेलर है इस पर इंटरस्टेलर हमारे नेटफ्लिक्स पर है और ये बच्चों को जरूर दिखाई किस प्रकार मानव जाति अपने विलुप्ति के कगार पर है और कैसे वो एक दूसरी पृथ्वी की तलाश कर रहे है जहाँ पर सभी लोगों को शिफ्ट किया जा सके तो ये एक अपने आप में बहुत बेहतरीन कल्पना इसमें की गई है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पांच सर्वश्रेष्ठ मूवीज में इसका नाम आता है तो इसको आप इंजॉय भी बहुत करेंगे और इसको सकती है तो ये जरूर अमित सर दिखाईगा दिखा वो दो घंटे में बहुत कुछ समझ जाएंगे जितना हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सर थैंक यू ओके सर थैंक यू हाँ समाप्त करते हैं थैंक यू सो मच सर thank you very much prieti ma'am thank you so much aapki presence uh,